आस्टा में विकास यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली सदस्यता लेने वाले सभी व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के हैं इस अवसर पर भाजपा महामंत्री धारा सिंह पटेल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे आस्था विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लसुडिया में विकास यात्रा रैली निकली इस यात्रा की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह ने की यात्रा के दौरान गाँव के विकास कार्यो का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया इस विकास यात्रा में ही गाँव के अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली सदस्यता लेने वालों में हाजी शेरू पटेल पप्पू पटेल नसीब खान शाहिद भाई आजम खान व अन्य लोग शामिल थे इस अवसर पर भाजपा महामंत्री धारा सिंह पटेल किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर जनपद सदस्य सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज